Welcome friends. अब मैं इसको कोई भी मूव करने की कोशिश करूँ देिटी क्या ये चिन्ह आगे जा सकती है टच कर सकते हैं नो नो देशन मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा आज मेरे साथ में मिस्टर है। मिस्टर हैं, हैं से है। और मिस्टर भूटिया को एनकैलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस है mm. आप सब ने बहुत सारी प्रीवियस वीडियो में देखा भी है कि एनकैलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस क्या क्या दिक्कत देता है uh ab main i will ask mr ghutia to explain how long you've been suffering and how do you manage what are your or uh, your not treatment protocols how are you living your life you know what is the quality of life that you lead and anything else that you want to share with the viewers who may be suffering with the ankylosing okay namaste mera naam sipenta xi mai sikim siu or ये जो इंकोलिज स्पनोलिस है ये मेरे को 1997 नाइन्टी से हुआ है इससे पहले 1994 में मेरा L4 L5 एल फाइव में टेक्सलिप हुआ था और उसका ऑपरेशन किया गया था उसके बाद ऐसे तो प्रिकॉशन ले रहा था प्रिकॉशन लेते ले लेते ले ले ले उसके बाद फिर 1997 में यहाँ पर रिवाड़ी में हरियाणा में एक्सीडेंट हुआ है मेजर एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तो थोड़ा को ख्याल करके चल रहा था तो ख्याल करते करते क्या हो गया, आ गया। आने जब मैंने डॉक्टर से सलाम लिया तो डेवलप एज एज 1997 सो so, अभी yes. ये अभी क्या है ना सो हॉल माई आई थिंक बोन एज बिकम लाइक बेम्बू स्पाइन एंड आई कैन मूव नाउ माई इवन माइ हेड लुक लाइक दिस आई कैन मूव सो एंड वेर हेव आई नोट ट्राइड फ्रॉम कोट केरला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट टू टेबेटिन ट्रीटमेंट एट मैकलोगंज एंड ऑल दूस आई टेस्टेड All all the the the aims I I I have have tested, tested. So So, ultimately, today I've landed here. Yeah, Yeah, yeah. this is is also part of the journey that <laughs> yeah. Yeah. So, uh, what is your experience? आपको इन 20-22 सालों में mm. uh, कोई किसी चीज से कोई relief मिला हो जो viewers जानना चाहे कि इस चीज से आपको better relief मिला या कम relief मिला mm. रिलीव इन देंस इट वट आई हैव एक्सपेरियमेंट ड्यूरिंग दिस माई लॉन्ग टेन इयर ऑफ दिस वॉट यू कॉल द स्पलिस कि इट अपू यू एंडली इज अपू इंडिविजुअल टू टेक यू वेरी फ्रेंडली वेन आई वेक अपन मॉर्निंग आई डोंट सम योगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज इन सो दिस थिंग्स इज कीपिंग मी होल डे अफ एंड आफ्टर इवेन जब शाम होते जाते हैं तो फिर थोड़ी स्टिकनेस अथवा ये पेन और क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम द कोल्ड रीजन यू नो ठंडे जगह से हो न इसलिए जल्दी पकड़ लेता है मेरा हड्डी में uh, यहाँ दिल्ली में आने के बाद अथवा गर्म जगह में आने के बाद थोड़ी मिलता है ये तो अभी चल रहे हैं ऐसा ही तो विथ सम ईटिंग हैबिट चेंजेस ऑफ इटिंग कम्फर्टेबल दिंग लॉन्गर डिस्टेंस बिकॉज माई दिस होम हिप हिपो जैम जैम हो जाता है uh, the only thing is i can't move my hip and left right up down and i can't the knees back i gotten going to got ye reed ke hanti ke karan pelvic pain aapka ji and i can't stand for long time with straight posture you know right to aap jab ab to aap as you told it you are retired from the social work that you were doing hmm. Uh, that you were involved in in helping people Sikkim. अब आप कोई एक्टिविटी या कोई भी प्रोफेशनल वर्क में uh, आपको कोई दिक्कत आती है या नहीं आतीज एंड बस एक जगह बैठ कर के काम करने में कुछ अब मैं व्यूअर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सर को तो पता ही है कि एक जेनेटिक की प्रॉब्लम नहीं आती कई बार कई जनरेशन तक और अचानक से किसी जनरेशन में वो प्रॉब्लम दिखती है जैसे की आपके शायद को दिक्कत थी या नहीं थी उनको नौ, नौ, है। so, ये बार, silently, आपकी कोई भी मोबिलिटी नहीं बचती है जैसे मैं इनको सिर्फ हल्का से ये मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ ये ये इतना भी नहीं हो रहा है तो अगर आप सोचेंगे कि मैं एडजस्टमेंट करके क्या अचीव करूँगा मुझे खुद नहीं पता क्योंकि बिल्कुल नहीं मूव मूव मूव अगर करेंगे तो तो ही ही पूरी स्पाइन हो रही है तो मैं वो सारे जॉइंट्स जो खुल सकते हैं इन पेशेंट्स में इस तरह से कोई भी थ्रस्ट देना किसी भी तरह से उसको स्ट्रेस आउट करना पेन बढ़ाने वाली बात है तो वी है हम कोई भी ऐसा High velocity thrust ना ना या कोई भी ऐसा maneuver ना करें तो मैंने treatment पे इनके साथ में आ, मसाज दिया है, पंक्चर किया है किया है और वीडियो के साथ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करके मैं ये भी देखूंगा पे कोई कहा रोटेशन नहीं है तो क्या हम थोड़ा सा भी मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं सोच के तो सब लोग यही आते हैं कि ज्वाइंट खुलेगा बट ज्वाइंट खुलने के लिए आपको हमें जॉइंट जॉइंट में स्पेस स्पेस देना पड़ेगा। कोई भी वर्टीब्रल नहीं बची हुई है। है इसको बोलते बोलते हैं या बोलते हैं, हैं। या स्पाइन स्पाइन जिसको आपने बोला। yeah. का मतलब यही होता कि कि सारे यू नो फ्यूज हो जाते मैं क्या कर सकता Sir, just lie I, I, I this. This Just push yourself up. Right. Yes. Uh, is is the There no िटी क्या ये चिन्ह आगे जा सकती है टच कर सकते हैं backward flexion. There is no sideways flexion. I can't do anything. Uh, so we will leave the the neck neck part. part, part. dorsal let's check the, uh, pelvic part, lower back spine weight oh yes. क्योंकि कम से कम लोअर बैक बैंड हो रही है नी यानी की सो आई रेज्यूम की मैं lower back थोड़ा सा खोल पाऊंगा Easy, Easy. relax. So you wanna help me uh, easy. So you to I know. apply the the thrust. There is no uh, opening of the joint other side sir. So, हम ये कि अगले तीन चार पांच सेशन में कितने ज्वाइंट और खुलते हैं Easy. easy Okay, nice. Uh, the yeah, on your back. Very good. is uh, man. Easy. A lower body कहीं भी कोई इशू नहीं है सिर्फ इनके स्पाइन ही और एनकाल स्पॉन्डिस आपके स्पाइन और वेट बेयरिंग ज्वाइंट को करता है है हिप भी है भी ठीक ये लेफ्ट वाला शोल्डर रेस्ट्रिक्टेड नहीं था Up, हाँ, so, इनका समझें गर्दन से लेके कमर तक स्पाइन का पार्ट है, जिसमें होती हैं, वो अब नहीं रही, देखने में दिखेंगी, लेकिन वो एक बन चुके हैं ऊपर से लेके नीचे तक <laughs> तो ना इनकी गर्दन आगे जाती है ना पीछे जाती है ना साइड में जाती है कहीं कोई रोटेशन या कुछ नहीं है सो so, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हर केस में एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है आ, कई केसेस में हमने दिखा है इन कल में जहां पे हम नेक ओपन कर पाते हैं डॉसल ओपन कर पाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बेटर कर पाते हैं बट मिस्टर के केस में स्पाइन पूरी सेक्ट्रलाइज है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम डेकआउट करके मसल्स को टिश्यूज को रिलीज करके जितना हम बेटर फील करा सकते हैं वो हम करेंगे और हमें ये पता है कि हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे ना कुछ इश्यूज करेंगे ताकि इनको दिक्कत बढ़ ना जाए तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को यू नो लाइक करें शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें थैंक यू